नमस्ते जी नमस्ते जी मैं वंशिका की मम्मी बोल रही हूँ नकली चैनल बहुत सारे बन चुके हैं असली चैनल का नाम बताएगी मेरी वंशिका मेरे असली चैनल का नाम है वंशिका हापुड़ ऑफिशियल वीके के नाम से मेरा असली चैनल है क्योंकि मेरे चैनलों की किसी ने कॉपी कर ली सब लोगों ने मैंने अपने मम्मी को अपने साथ इस वजह ऐसी लिया है क्यूँकी सब समझे की ये वंशिका का असली चैनल है वंशिका हापुर्ड ऑफिशियल वीके के नाम से ज्यादा ऐसी ज्यादा ऐसी शेयर करे कमेंट करे लाइक करे और सब्सक्राइब करे